तेन घर तो उठा लूंगा। मैं क्या पहले तू अपने घरते तू तो निकल जा बंचा बंचा एक जना मैं तेना घर तो उठा लूंगा